मध्य प्रदेश के मंदसौर से श्रद्धालु ले जा रही बस हिमाचल में पलट गई। बस में 34 यात्री सवार थे जिनमें से 11 यात्री घायल बताए जा रहे हैं घायलों को अस्पताल पहुँचा कर इलाज कराया जा रहा है बताया जा रहा है कि 34 श्रद्धालु तीर्थ दर्शन यात्रा के लिए निकले थे सभी यात्री हिमाचल के चिंतपूर्णि माता मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे उसी दौरान यह हादसा हुआ हादसे में ग्यारह लोग घायल हो गए हैं जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल है घटना शुक्रवार को अम उपमंडल के मुबारकपुर के पास हुई है सभी श्रद्धालु मंसौर जिले के बोरखेड़ी चारण गांव के रहने वाले हैं वाथिया चेंज इज द वर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिटीज ऑफ इंस्पिशन ग्रुप एवरीज इज प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग दस्ट मैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी द बेस्ट फॉर मिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन